तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने रहा हूं सैमसंग गैलरी का कमाल का एक फीचर बताने वाला हूं जो कि अभी रिसेंटली अलॉट किया गया है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों तो हेलो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने सैमसंग गैलरी का एक कमाल का फीचर जो कि बहुत यूजफुल है अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी वीडियो फोटोज को एडिट करते हैं तो यह फीचर आपके लिए डेफिनेटली बहुत काम का होने वाला है क्या ये फीचर है कैसे इसको मिलेगा कहाँ यूज़ करेंगे आगे आपको बताने वाला हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन बेलाइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलते रहे दोस्तों आगे मेरा नाम सनियर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो जैसा कि मैं तो आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलरी के नए फीचर्स के बारे में जो कि मुझे बहुत ही शानदार लगा वाला फीचर बहुत ही यूज़फुल फीचर है तो उसके लिए आपको जाना है गैलरी में गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई सी भी अपनी एक फोटो को एडिट में फोल लेना है तो यहाँ पर आप जब एडिट में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको बॉय डिफॉल्ट यहाँ पर बहुत सारे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं अगर आप फिल्टर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर्स मिल जाते हैं आप देख रहे होंगे इतने सारे फिल्टर्स हैं आप जोन सा फ़िल्टर लगाना चाहें आप यहां पर लगा सकते हैं ठीक है ये तो हो गया नॉर्मली ये तो सबको भी पता है अब इसमें एक नया चीज़ क्या किया गया है आप अब अपनी कोई सी भी फोटो या कोई सी भी फोटो का जो फिल्टर है आप बोल सकते हैं जो इफेक्ट है अगर आप अपनी इस फोटो में डालना चाहते हैं तो आपको करना क्या है यहाँ पर क्रिएट फिल्टर में क्लिक कर लेना है क्रिएट फिल्टर में जाने के बाद आपको अपनी कोई सी भी फ़ोटो में चले जाना है जिसका आपको उसमें लगाना हो लाइक like मुझे हिवाली फोटो का इफेक्ट है मेरे इसमें लगाना है तो मैंने वो फोटो को यहाँ पर चूज कर लिया और जैसे ही मैं चूज करूंगा वो फिल्टर वहां पर ऑटोमेटिक आ गया आप देख सकते हैं वो फिल्टर बिल्कुल ऑटोमेटिक वहां पर आ चुका है और आपको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे वो फिल्टर आपको साइड में मिल भी जाएगा जिसको आप क्लियर करके यहाँ पर डिलीट भी करना चाहे तो आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं ये तो मैंने ब्लैक एंड वाइट दिया बट कुछ फोटो ऐसे ऐसी होती है जिसमें फिल्टर बहुत यूनिक होते हैं तो उन फिल्टर को भी आप उनको भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं लाइकअप में मुझे इस फोटो का यहाँ पर इफेक्ट को लेना है मेरी वाली फोटो में तो मैंने इस फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करा ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो वो इफेक्ट उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा आप देख सकते हैं उसके रिलेटेड इफेक्ट आटोमेटिक आ चुका है और वो क्रिएट हो गया आप चाहें तो उसका नाम यहाँ पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं नाम चैनल देना चाहें तो आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं और सिर्फ आपको करना क्या है आप यहाँ पर इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और ये इफेक्ट यहाँ पर सेव हो जाएगा जिसको आप अपनी कोई दूसरी फ़ोटो में भी ऐड ऑन कर सकते हैं दोस्तों यही नया चेंजेस था यही नया फीचर था जो कि सैमसंग गैलरी में ऐड किया गया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू तो उससे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है इसमें कुछ कमी है तो वीडियो लाइक कर सकते हैं या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डेम करके ही पूछ सकते हैं और सबसे जरूर चीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइ नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोशिश में बेलाइक दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे और हो सके इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना बोलिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू दोस्तों